तुम बे वफा हो ये जान से जताएंगे हम हार गए ये भी शान से बताएंगे इश्क से भागी गुणा तुमने किया और गुनाहगार हम थे तुम्हारे पांव थे दो नाव पर और कसुरवार हम थे हम भी